प्रभु को भूलोगे बंदे प्रभु को घरे भूलोगे बंदे बात बहुत पछताओगे पैसे थे भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे पैसे थे भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे की खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी पैसे की खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी घी में डलडा में घी करते नहीं तनिक देरी घी में डलडा में घी तनिक नहीं करते देरी सुंदर के कबि तक बंदे सुंदर के कबि तक बंदे यौही व्यर्थी कमोगे पैसे से बिच कर लावोगे नींद कहाँ से लाभोगे पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे प्रभु को अगर भूलो के बंदे प्रभु को अगर भूलो के बंदे अरे बाद बहुत पछतावोगे, पैसे से भोजन लाओगे कहाँ से लाओगे पैसे से भोजन से इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के साबुन से इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के मन तेरा गंदा रह गया तीर्थ करता चल चल के मन तेरा गंदा रह गया तीर्थ करता चल चल के प्रभु शरण नहीं गया तो बंदे प्रभु शरण नहीं गए तो बंदे बाद बहुत पछता हो पैसे से गहना लाओगे रूप कहा से लाओगे पैसे से गहना लाओगे रूप कहा से लावोगे प्रभु को भूलोगे बंदे प्रभु को भूलोगे बंदे बात बहुत पछतावोगे पैसे से भोजन लाओगे कहा थे लाभों के पैसे से संगीत है ईश्वर की शक्ति इसका तू गुणगान करो संगीत है ईश्वर की शक्ति इसका तू गुणगान करो मन को बांधो तन को बांधो कभी ना तू अभिमान करो मन को बांधो तन को बांधो कभी नहीं अभिमान करो अगर साधना नहीं करोगे अगर साधना नहीं करोगे अंत समय पछतावोगे पैसे से सरगम सिखोगे दर्द कहां से लाओगे पैसे से सरगम सिखोगे दर्द कहां से लाओगे प्रभु को भूलोगे बंदे प्रभु को भूलोगे बहुत पछताओगे पैसे थे भोजन लाओगे भूख कहाँ थे लाओगे पैसे थे भोजन लाओगे भूख कहाँ